अरे बीच में क्या कर रहा है अरे क्या कर रहा है यार अबे निकल। अब निकलना हाँ अरे अरे तेरी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया आम तू तो आम बेचता हूँ मैं नहीं खाता यार अरे यार मैं आम नहीं बेचता हूँ मैं आम नहीं बेचता हूँ तुम्हारी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया काम हो गया तो घर जाना मेरा काम क्या मैं तो फताऊंगा घर याद उनका शोर सुनाई नहीं दे रहा इतने सारे होम बजरे शोर सुनाई नहीं दे रहा है चोर, शोर किधी रहे चोर <laughs> अरे अभी कोई नहीं बना मेरे बाप शोर नहीं चोर नहीं शोर चोर अबे तू तो क्या देख भाई तू तो बोल जोर जोर जल्दी जल्दी बोलता तो मेरे को समझ में नहीं आता तेरी मुंह की ना बड़ी है जरा होंठ से हिला ना तो मेरे को बहुत दिखाई देगा तो मैं समझ रहा हूँ मेरी ऊपर की मशीन में गड़बड़ा है ऊपर <laughs> नहीं हो मिला अच्छा तू क्या भी रहता है ये है नहीं जा रहा है क्या इतना ट्रैफिक है है है है बोला अरे नीलाम कैसे? वो हाँ मैं, मैं एक मुसीबत में चिपक गई थी यार तो मुसीबत से छूटा या नहीं मुसीबत से छूटा कैसे? आ, वो मैंने दूसरे को चिपका दिया <laughs> तो चिपका देता है <laughs> क्या हो रहा है पापा की बोल रहा है पापा ये पेट्रोल की लाइन लगी हुई है ट्राफिक जाम हो गया अरे ट्रैफिक जाम हो गया अपने नीलाम्बर पिताम्बर स्टोर चलते हैं चलो नीलाबर बीदाम चलते हैं अरे कभी तो एक बार में बात सलाम है पुलिस से डिपार्टमेंट तुम्हारे आने का वक्त ग्यारह बजे तुम्हारी बेटी से पूछो उसने मुझे बारह बजे उठाया तो मैं कैसे ग्यारह बजे आ सकता हूँ किसने कहा था मेरी बेटी को भगा ले जाने के लिए अरे भगा कर ले गया था हल्लू हल्लू रिक्शा में बिठा गया आराम से ले गया था सत्तर रूपया बिल हुआ था अभी तक नहीं दिया तुमने सत्तर रूपये मैं दो टाइम मुझसे पूछ के भगा के लेटी ले दुनिया का कोई भी लवर बाप से पूछकर बेटी को भगा ले जाता है क्या हमारे रोज का रूटीन हो गया है नाश्ता करके देखा अरे जब से तुम्हारी बेटी से शादी किए चना खा रहा हूँ चना घोड़ा बन गया मेरा घोड़ा आज उसने नाश्ते में क्या खिलाया मालूम है एक शैम्पू कर एक शैम्पू खिलाया मुझे तो दूध में मनाई कीजिएगा डाल दिया था <laughs> ये फाइल लो ग्रो ये तुम्हारे मर्डर केस की फाइल है क्या बोला नहीं मैंने कहा किसके मर्डर केस की फाइल है महेश नाम का एक आदमी आज होटल ब्लू डायमंड में करोड़ों के हीरो की डीलिंग करने वाला है गॉड, गॉड, फिर पहले उसको डीलिंग करने दो क्यूँकी कानून बोलता है की जब तक कोई मुजरिम जुर्म ना करे तब तक उसके गर्दन आरोप हाथ मत डालो सॉरी सॉरी कैसे हीरो की डीलिंग होगी तुम हाथों तो गिरफ्तार करो। होटल ब्लू डायमन स्विमिंग पूल अबे यह दिखाई नहीं पड़ता क्या अंदा। कौन अंदा? मैं अंडा तू अंडा तेरा बाप अंदर तेरा पूरा खानदान अंडा अबे अंधे उधर देख क्या बात कर रहा है मैं यहाँ हूँ यहाँ अरे तू जहाँ कहीं दी मेरे लिए तू यहाँ अब क्या था बात करूंगा पकड़ के <laughs> बात करना बहन जी कहीं चोट तो नहीं लगी अरे बहन जी नहीं खम्बा है अरे मालूम है भाई बहन जी नहीं खंबा है मालूम है तुम अपना काम करो ना लडी फूल ये अच्छा। क्या हो गया म्यूनसिपलिटी वालों को जहाँ देखो खंबा गाड़ देते हैं बड़ा भारी खंबा है यार यार ये हाथ में पट्टी वाला बीच में क्या कर रहा है अरे क्या कर रहा यार अबे निकल अब नरे सुन देता क्या अरे इ, तेरी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया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 शोर नहीं, आ, चोर नहीं चोर चोर नहीं तू तू क्या? देख भाई जोर जल्दी जल्दी जो बोलता तो मेरे को समझ में आया तेरी बड़ी है जरा होंठ तो हो। में गड़बड़ा है समीज अरे हाथी खान अरे उठाया ऊपर नहीं मिला अच्छा तू यो भी रहता है कौन समा लेती अच्छा अच्छा ट्रैफिक जाम हो गया तेरी वजह से ट्रैफिक जाम उधर देख नहीं दे रहा है सुना ही नहीं जा तो रहा क्या कह रहा है क्या बोल रहा है बोला बोले बल जैंगा क्या तू कैसे? तुल्या कैसे? वो हाँ मैं एक मुसीबत में चिपक थी यार। हाँ। तो मुसीबत से छूटा या नहीं मुसीबत से छूटा कैसे? हाँ वो मैंने दूसरे को चिपका दिया <laughs> तो दुनिया के दस्तूर है हर कोई अपनी मुसीबत किसी दूसरे पे चिपका देता है हा? अच्छा क्या हो रहा है पापा की हो रहा है पापा पापा ये ना पेट्रोल की लाइन लगी हुई है अरे पेट्रोल की लाइन नहीं है ट्रैफिक जाम हो गया अरे ट्रैफिक जाम हो गया चलो हम अपने नीलांबर पीतम्बर स्टोर पे चलते हैं नहीं? चलो नीलांबर पीतम्बर स्टोर पे चलते हैं अरे अरे कभी तक तो एक बात में समझ आया था नो दे तुम्हारी बेटी ऐसी पूछो उसने मुझे बारह बजे उठाया तो मैं कैसे ग्यारह बजे आ सकता हूँ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 एक शैम्पू, हम्म, शैंपू श्रना हाँ। तुम्हें एक शैम्पू खिलाया मुझे तो दूध में मलाई की जगह इधर माल डाल दिया था आ, आ, आ, आ, आ, आ, ये लो। आ। ये लो, तुम्हारे मर्डर केस की फाइल है क्या बोला नहीं मैंने कहा किसके मर्डर केस की फाइल है महेश नाम का एक आदमी आज होटल ब्लू डायमंड में करोड़ों के हीरो की डीलिंग करने वाला है फिर पहले उसको डीलिंग करने दो क्योंकि कानून बोलता है कि जब तक कोई मुजरिम जुर्म ना करे तब तक उसकी गर्दन पर हाथ मत डालो सारे, सारे। जैसे हो रहे हो सॉरी बहते हीरो की डीलिंग होगी तुम तुम्हें हाथों गिरफ्तार करूंगा होटल ब्लू डायमन स्विमिंग पूल तो तू पीतांबर है और ये नीलांबर है मेटा फिर मैं पीतांबर हूँ और ये नीलांबर है अच्छा नीलाम्बर अभी सच सच बता असली बात क्या है अरे मैं तुझसे पूछता हूँ बोलता क्यों नहीं <laughs> सर वो बहरा उसको सुनाई नहीं देता <laughs> अच्छा तू तु बता तूने क्या देखा, <laughs> देखा? <हा>, क्या देखा क्या देखा साहब उसको दिखता नहीं है <laughs> अंधा <laughs> अरे अंधे भैरो कुछ तो देखा होगा कुछ तो सुना होगा ए, सुना नहीं था साहब मैंने मैंने था <laughs> क्या क्या क्या सुन था एक <laughs> औरत की खुशबू थी। सुन अंधा? थी कमीना चालू? औरत की औरत की खुशबू सुनता हूँ अच्छा अच्छा तू बता तूने वहाँ क्या देखा था अरे आहिस्ता आता आहिस्ता बोलिए तो क्यों क्यों उसको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने होंठ आहिस्ता नहीं लाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा अच्छा अच्छा मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछता हूँ तूने वहाँ क्या देखा मैंने वहाँ क्या देखा <laughs> <laughs> <laughs> मैंने वहाँ एक लड़की की दो नंगी टांगे जाती <laughs> अरे सालो एक औरत की खुशबू सुनता है एक औरत के टांगे देखता है ना कितनी आइस्ता बोलिए साहब आइस्ता आहिस्ता मेरे पास आइस्ता बोलने के लिए फुर्सत नहीं है सिर्फ उसको समझ में नहीं आएगा देखिए आप होट हिला हिला कर पूछिए तो उसको समझ में आएगा खून तो किसने किया खून तुमने खून किया खून खून खून खून खून खून किसने किया उन्होंने नहीं किया तुमने खून क्यों नहीं किया हमको खून करने की आदत नहीं है सर आदत नहीं है तुमको खून करने की आदत क्यों नहीं है अगर खून करना इतना जरूरी है तो फिर हम आपका खून कर जीरा बनना मुझे बहुत ज्यादा उठता है